आर्मी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के, के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार ने आर्मी साइंस के इस कार्यक्रम की सराहना की कार्यक्रम में देश भर के फार्मेसी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानित किया गया आर्बी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस के मौके पर शोधार्थियों को उनके उत्कृष्ट शोध के लिए रिसर्च एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया आरबी साइंस के संस्थापक डॉक्टर ऋषा मिश्रा और ब्रिजेश मिश्रा को उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर सराहना की गई कार्यक्रम में जयडस लाइफ साइंस के जनरल मैनेजर डॉक्टर अमित जोरापुरकर एस फार्मेसी संस्था के प्रोफेसर विवेकानंद चटपल्लीवार जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टर एन गणेश एवं आरबी साइंस के प्रमुख संरक्षक देवीनाथ निकरा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे इस मौके पर उत्कृष्ट शोधकार करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया और बधाई दी एंड आरबी साइंस एक रिसर्च सेंटर है एक ट्रेनिंग सेंटर है जो फार्मेसी और लाइफ साइंसेस में बच्चों को ट्रेन करता है और रिसर्च के लिए मोटिवेट करता है तो नेशनल लेवल पे रिसर्च अवार्ड्स हमने इंस्टिगेट किए हैं हम चाहते हैं कि जो लोग फैकल्टी और स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं फार्मेसी फील्ड में उनको हम अवार्ड्स दें उनकी रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अवार्ड दे सकें तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में रिसर्च एवॉर्ड्स के साथ साथ पूरे कंट्री से ऑलमोस्ट सत्तर पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च यहाँ प्रेजेंट करनी है आज वो अपनी रिसर्च को पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशंस के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे और उसके अलावा पूरे कार्यक्रम में लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स हैं और इसमें अलग अलग कॉलेज़ के डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स फैकल्टीज और स्टूडेंट्स हैं और ये पूरे हिंदुस्तान से आए हैं आरवी साइंस को पाँच वर्ष पूरे हुए हैं और मेन पेटर्न जो है Uh, उनका आज बर्थडे है तो उसी के मतलब सेलिब्रेशन के लिए एवरी ईयर आरबी साइंस कुछ ना कुछ कार्य करता है सोशल एक्टिविटी के लिए ये पहला uh, संगोष्ठी है नेशनल लेवल uh, में विभिन्न uh, प्रांतों से uh, प्रदेशों से यहाँ पर साइंटिस्ट आए हैं फार्मेसी के और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के और कैंसर के सब्जेक्ट के भी लोग यहाँ पर हैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर उन आरबी साइंस के जो डायरेक्टर्स हैं डॉक्टर रिचा मिश्रा एंड डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा इनने सम्मानित किया है उन सभी वैज्ञानिक जो फार्मेसी से जुड़े हुए हैं और औषधि शास्त्र से और उनको सम्मानित किया गया और यहाँ के वाइस चांसलर जो आरजीबीपी जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनने भी अपना संबोधन दिया वो चीफ गेस्ट थे यहाँ के और उनके द्वारा ही सम्मानित किया इन लोग को और करीब 50 के ऊपर पोस्टर आए हैं आज और करीब पंद्रह व्याख्यान होगा जिसके बीच में प्रतिस्पर्धा है शाम को वो डिक्लेयर होगा कि किसको मिलेगा